आरके टेक्निकल गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि स्नातक स्कॉलरशिप में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इससे रिलेटेड क्या बदलाव किया गया है और स्नातक स्कॉलरशिप का एक नया पोर्टल भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च कर दी गई है जिससे कि इस बार स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और उससे रिलेटेड वो सारी जानकारियों का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं तो जो भी छात्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको जो भी आने वाला नोटिफिकेशन होगा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को नोटिफिकेशन मिल पाए तो चलिए दोस्तों मैं लेकर चलता हूँ अपने स्क्रीन पर और देखते हैं क्या अपडेट आया हुआ है तो टेक आर्की गुरु के जो ऑफिशियल वेबसाइट है गुरु सोल्यूशन पर आने के बाद सबसे नीचे यहाँ टैग में आएंगे टैग में आने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर दिख रहा होगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन करके एक टैग है तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन दो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला एक पेज खुल जाएगा तो इसमें सारा डिटेल्स हम लोग दे रखे हैं तो इसमें देखेंगे कि ग्रेजुएशन स्नातक जो भी पास किए 2022 से पहले मतलब 2022 तक जो भी स्टूडेंट पास कर चुके हैं उसे गवर्नमेंट के द्वारा 50000 का एक स्कॉलरशिप सहायता राशि दिया जाएगा जो कि 3 दिसंबर से स्टार्ट होना था लेकिन अभी तक किसी टेक्निकल या फिर तकनीकी समस्या के कारण नहीं स्टार्ट हो पाया है तो अब जल्द पुनः से स्टार्ट कर दिया जाएगा उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आई हुई है आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें ताकि मैं सारा जानकारी इस वीडियो में अच्छे से दे पाऊं और आप लोग इस वीडियो के अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा समझा पाऊँगा वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझा पाऊंगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें सब्सक्राइब भी करें साथ ही बेलाइकन का बटन भी दबाएँ और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो योजना का लाभ ले पाए, ठीक है? तो नया पोर्टल लॉन्च कर दी गई है नया पोर्टल लॉन्च करने के बाद उसमें क्या दस्तावेज लगेगी और कब से आवेदन होगा इन सारी बातों पर आज हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे तो आप लोग बने रहे वीडियो के अंत तक चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री सबसे पहला आर्टिकल लिखा हुआ है हमारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन दो अप्लाई ऑनलाइन डेट एंड बेनिफिट एंड डॉक्यूमेंट्स ठीक है ये इसमें कितना स्कॉलरशिप मिलता है तो पचास हजार रुपए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ग्रेजुएशन मोड क्या रहेगा ऑनलाइन ठीक है तीन, तीन दिसंबर से स्टार्ट था होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है तो लेकिन अब जो बड़ी अपडेट आई हुई है उस पर भी हम लोग अब चर्चा करेंगे तो इसमें जो एक अप्रैल दो से लेकर के तीस अक्टूबर दो तक के स्टूडेंट जो भी पास कर चुके हैं वो इस नए वाले पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं चलिए ठीक है अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि वोकेशनल कोर्स के भी छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जो भी छात्र 2021 से पहले आवेदन किया था और उनका आवेदन किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया है तो वो पुराने वाले वेबसाइट पे जाने जाएंगे और वहां से लॉगिन करके दोबारा से अपना जो भी रिजेक्ट का रीजन होगा उसे अपडेट कर दोबारा से सबमिट कर देंगे और वहीं से आवेदन उसका हो जाएगा ठीक है इसका जो मुख्य दस्तावेज है वो दस्तावेज होना अनिवार्य है जो कि स्नातक उत्तीर्ण अंग प्रमाण पत्र बैंक पासबुक जो कि स्टूडेंट का होना चाहिए और बिहार का ही शाखा होना चाहिए किसी ब्रांच का आधार कार्ड आवासीय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर यह रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेगा ये अगर डॉक्यूमेंट है तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल है साथ ही इसमें जो है कि आ, जो इसमें जो है कि बिहार के स्थानीय मतलब बिहार के ही छात्रा होना चाहिए सभी वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं ठीक है एक स्नातक पास छात्रा जो है एक ही बार आवेदन कर सकती है दोबारा आवेदन नहीं किया जा सकता है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अप्लीकेशन क्लोजिंग डेट नोटिफाई सुन और एप्लीकेशन तीन दिसंबर से स्टार्ट होने वाला था लेकिन किसी तकनीकी समस्या कारण अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो अप्लाई नाउ पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मैं एक लिंक भी टैग कर दिया हूँ तो मतलब कि क्लिक पे क्लिक करेंगे तो स्नातक का जो ऑफिशियल वेबसाइट जो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है उस वेबसाइट पर जाकर ये रिडायरेक्ट कर देगी ठीक है इस इस वेबसाइट पर आने के बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया कि स्नातक के स्टूडेंट के लिए ही ये वेबसाइट बनाया गया है जो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड है सबसे बड़ा नोटिफिकेशन देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन एक चार 2021 से 31 दस 2022 मतलब एक चार 2021 से 31 दस दो के बीच में जो भी स्टूडेंट स्नातक पास कर चुके हैं वो स्टूडेंट जो की इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो वो आवेदन कर सकते हैं ठीक है ये ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है इसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दे देंगे ताकि आप भी देख कर खुद से आवेदन कर सकते हैं ठीक है जो भी छात्र इस यूट्यूब चैनल को इसीलिए बोलते हैं ना जो भी छात्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ठीक है यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लोज है साथ ही यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ये तो रेडायरेक्ट कर देगा ये वाला पेज पे तो यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और स्टूडेंट लॉग करेंगे तो लॉग का खुल जाता है तो यहाँ ये तकनीकी समस्या फिर जो भी हो अभी मतलब कि पोर्टल लॉन्च कर दी गई है लेकिन अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है जैसे शुरू होता है तो हम इसी YouTube चैनल पर एक वीडियो और बनाकर डाल देंगे साथ ही हमारे जो इस YouTube चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी हम लोग अपडेट कर देंगे तो आप लोग जो वेबसाइट पर विजिट अभी तक नहीं किए हैं तो वेबसाइट विजिट भी कर लें साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक भी टैग कर दूंगा तो वहां से भी आप लोग विजिट कर सकते हैं या फिर आप क्रोम ब्राउजर पे जो है कि यहाँ पे टाइप करेंगे गुरु सॉल्यूशन गुरु सोल्यूशन डॉट ब्लॉक स्पोर्ट डॉट टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगा चले दोस्तों यही एक अपडेट थी बड़ी जो कि पहले बताया जा रहा था कि 3 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ नहीं होने के कारण जो कि अभी नया वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है और इसी वेबसाइट से अब ऑनलाइन आवेदन होगा तो जो भी छात्र अभी तक नहीं कर पाए हैं या फिर करना है तो अपना सारा डॉक्यूमेंट आराम से रखें जैसे ही स्टार्ट होगा उसी तो ज़्यादा जा, देर भी नहीं करना है पहले ही आवेदन कर देना है ठीक है तो चलिए इसी तरह हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहें आप लोग और जो भी छात्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी समय नोटिफिकेशन मिल पाए चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा